हे नमस्कार आप लोगों का टाप्टन क्लासेस के प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ साथ में अपनी पढ़ाई में एकदम लीन होंगे प्यारे बच्चे शादिया और बारात आप लोगों के बीत गए होंगे और जिन लोगों के नहीं बीते होंगे प्यारे बच्चों आप उनको छोड़िए क्योंकि अब आप लोगों का समय जो है ना वो खत्म हो चुका है बहुत कम समय है अगर आप लोग कॉलेज जा रहे होंगे तो आपके कॉलेज के द्वारा सेंटर उन्टर अलॉटमेंट हो गए हैं तो प्यारे बच्चों अब समय बहुत कम है और कम समय में ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा मेहनत करके बड़ा सा अच्छा सा रिजल्ट लाना है तो उन सबको लाने के लिए उन सबको पाने के लिए प्यारे बच्चों आपको मेहनत करना होगा आपके साथ साथ आपके जो अध्यापक गढ़ उनको भी मेहनत करना होगा प्यारे बच्चों तो आज से हम लोग वादा करते हैं कि आज से बचे हुए दिनों में जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने माता और पिता को एक अच्छा सा रिजल्ट ला दिखाएंगे तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं आज की टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना फिर उसके बाद हम देखेंगे दर्पण सूत्र को साथ साथ में आ, फोकस दूरी त्रिज्या में संबंध अगर क्लास हो सकी तो नहीं तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पैर बच्चों और साथ में बेलाइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए क्लास क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई कल की क्लास में हम लोगों ने ठो नियम पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरणें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर लौटेगी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग लौट जाएगी यदि आपने कल की क्लास देखा है तो आज की क्लास में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली प्यारे बच्चों मेरी गारंटी है अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे है आप जाके तुरंत देखिए तब इस क्लास को देखिएगा तब आपको ये क्लास समझ में आएगा प्यारे बच्चों चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहली बात अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसमें सबसे पहली केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है ये चीज देखते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम लोगों का एक प्यारा सा अवतल दर्पण बनाना एक प्यारा सा अवतल दर्पण ठीक औतल दर्पण वह दर्पण है जिसको हम लोग बाहर की तरफ से कलई करते हैं अपेंड करते हैं वही अवतल दर्पण कहलाता अच्छा सा दिखे वो कौन सा दर्पण होता है फिर उसके बाद एक की रचना करते हम लोग ये पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव जिसे आप पीछे व्यक्त करते हैं उसके बाद यही कहीं मुख्य फोकस होता है और साथ में यही कहीं वक्रता केंद्र भी होता है बच्चों अब जो वस्तु आपने रखी है वो वस्तु आपने ये रखा है ए ए और B, और बी बी ठीक जो कि पर पर स्थित स्थित है है अनंत तो इनसे दो प्रकाश किरणें निकलेंगी एक प्रकाश किरण तो कहीं निकलेगी परंतु हमको दो प्रकाश किरणों से हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं तो देखिए इनसे एक प्रकाश किरणे निकलेगी पैर बच्चो एक प्रकाश किरणे निकलेगी जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी बात समझिएगा जरा सा मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी अब जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो याद करो हमने प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश कीड़े अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर निकलती हैं, तो उस वो मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो क्या हो जाती है मुख्य समांतर हो जाती है तो भैया ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगे मुख्य समांतर हो जाएंगी क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही यानी ये मुख्य के पैरेलल चली जाएंगी ये आपका ये हो गया बात समझे आप कि यदि कोई प्रकाश किरड़े मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगे मुख्य समांतर हो जाएंगी अब देखिए अब एक प्रकाश किरण और निकलेगी जो कि कहा से ऊपर जाएगी भैया वक्रता केंद्र से इसी वस्तु से एक प्रकाश किरण निकला मुख्य फोकस से गया और इसी वस्तु से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो कि वक्रता केंद्र से ऊपर जा रही अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से क्या होती है टकराती है तो टकराने के पश्चात जिस मार्ग से आई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है बात समझा रहा हूं अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं भैया वहीं वस्तु का क्या बनता है प्रतिबिंब ये देखिए यहां पर काट रही है और अगर हम इनको मिला दे तो ये प्रतिबिंब बन गया बना बना? कि नहीं अब प्रतिबिंब से वस्तु का मुंडी ऊपर था प्रतिबिंब का मुंडी नीचे हो गई तो ये बी डैस हो गया और ये जो सिर ये है ये नाम हो गया ए डैस किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए तो चलो हम समझते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है काला बना है ऐसा बात नहीं ये बताना कैसा बना बना है तो अगर हम पहली वो वस्तु से छोटी है मतलब ये तो बात पक्का हो रहा कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा छोटा बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा क्या आप ये बात समझ रहे हैं वस्तु से क्या बनेगा छोटा बनेगा चलिए मान लिया आपकी बात वस्तु से क्या बन रहा है छोटा बना अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें दूसरी प्रतिबिंब की मुंडी नीचे है वस्तु की मुंडी ऊपर है मतलब प्रतिबिंब क्या बना उल्टा बना है क्या बना है उल्टा बना तो दूसरी पॉइंट की बात करें तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्या बनेगा प्यारे बच्चों प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई चलिए अगले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें थर्ड पॉइंट की तो जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पे बन रहा है बन रहा नहीं बना है तो तीसरे पॉइंट की अगर चर्चा करें तो जो है प्रतिबिंब पर बनेगा कहां पर बनेगा फोकस पर बने फोकस पर बने मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा चलिए मुख्य फोकस पर बनेगा अब अगला पॉइंट आप देखिए ये दोनों प्रकाश करने वास्तव में मिल रही रही मिलती हुई प्रतीत नहीं हो में मिली है प्रतिबिंब क्या बनेगा बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा बनेगा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा भैया वास्तविक बनेगा क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई अगर आपसे वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब बनाने के लिए कहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं उम्मीद है आपको समझ में आया अब हम आगे की टॉपिक देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो मतलब ये वस्तु इस बार अनंत पे नहीं रखे अनंत और C के बीच में कहीं रख देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पबनता ये चीज चेक करना है चलिए तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे क्या बनाएंगे एक अवतल दर्पण अब अवतल दर्पण बनता है तो उसको हम लोग बाहर से क्या करते हैं पॉलिश करते हैं बाहर से पेंट करते हैं तभी तो ये अवतल दर्पण होगा तो चलिए फट से जल्दी से और ये जो होता है दर्पण का ध्रुव हो जाएगा फिर उसके बाद यही कहीं मुख्य फोकस होता होगा और यही कहीं इसका क्या होता है वक्रता केंद्र होती है और इस बार इस बार वस्तु को जो वस्तु है उसको हमको अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ये अनंत हो गया तो अनंत और वक्रता केंद्र के क्या मध्य रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य तो मान लेते हैं कि कोई ये वस्तु होगी थोड़ी सी वस्तु की साइज छोटी कर लेते हैं हम लोग ये कोई वस्तु होगी जिसका नाम ए और बी है और ये अनंत और वक्रता केंद्र के क्या है एकदम मध्य में स्थित है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य चलिए अब यहां से एक प्रकाश किरणें निकलेंगी जो कि मुख्य के समांतर होते हुए दर्पड़ पर पड़ जाएंगी मुख्य के समांतर एक प्रकाश किरणें यहां से निकली और मुख्य अच्छ के समांतर गई और वो जब दरपण से टकराएंगी ना दरपण से टकराने के पश्चात कहां से लौट के आती है मुख्य फोकस से होकर लौटती है ये हमने नियम आपको बताया था प्यार बच्चों कि जब कोई प्रकाश किरणे मुख्य समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर लौटती है दूसरा अगर बात करें तो यदि प्रकाश दूसरी प्रकाश किरणे निकली तो परंतु वो कहाँ से होकर गई वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और जिस मार्ग से गई रहती हैं, उसी मार्ग में वापस लौट आती है ये दोनों किरणे ये दोनों किरणे जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वही वस्तु का क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों और प्रतिबिंब की जो मुंडी है वो नीचे हो गया और जो पाद बिंदु था वो ऊपर हो गया ये देखिए समझ आया तो आप बताओ जो पहला प्रतिबिंब है जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है वस्तु ए बी है प्रतिबिंब ए डैस बी डैस तो देख रहे होंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है यहाँ चीज ये लिख दे रहे कि भैया प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा छोटा बनेगा क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों वस्तु से छोटा बनेगा अब बताओ दूसरा पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है क्योंकि इसका सिर ऊपर है इसका सिर नीचे है क्या होगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्या बनेगा उल्टा बनेगा चलिए अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा भैया थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कहां बना है सी और एफ कहा का नाम मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य वक्रता केंद्र सी है ना आपका तो वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस मुख्य फोकस यफ के मध्य बना है यफ के मध्य बनेगा मध्य बनेगा यह आपका थर्ड पॉइंट है ठीक है और लास्ट ये दोनों वास्तव में काट रहे रेखा हैं रेखाए इसलिए प्रतिबिंब भी क्या बनेगा वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा वास्तविक वास्तविक बनेगा बनेगा प्रतिबिंब बने ठीक ये रहा आपका चौथा पॉइंट अब हम चलेंगे थर्ड स्थिति यानी तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो अर्थात ये वस्तु एक बार यहाँ थी एक बार बीच में आई एक बार अब वक्रता केंद्र पर आएगी चलिए तो सबसे पहले अगर हमको बनाना है तो एक अवतल दरपण बनाना है क्या बनाना है प्यारे बच्चों एक अवतल दरपण बनाना है ठीक अब अवतल दर्पण बनाए हैं तो भाई बाहर से आपको पेंट करना ही पड़ेगा तो चलिए बाहर से इनको पेंट कर देते हैं और ये कौन सा दरपण बन जाएगा अवतल दरपण क्या बन जाएगा अवतल दरपण फिर उसके बाद एक मुख्यच बनाएंगे ये ध्रुव होगा और ये कहीं मुख्य फोकस होगी इसकी और ये कहीं क्या होगी वक्रता केंद्र चलिए इस बार वस्तु क्या कह रहा जान है ये आपका वक्रता केंद्र है आपका इस बार वस्तु आपकी कहीं नहीं रहेगी बल्कि इसी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो चलिए वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब बनाते हैं ये कोई वस्तु ए और बी हो गया चले अब यहां से पहली प्रकाशकिड़े मुख्य समांतर चलेंगी तो भैया मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाशकिड़े जब दर्पण से टकराती है कहा से होकर जाती मुख्य फोकस से होकर जाती है <coughs> मुख्य फोकस से होकर जाती है यह हुआ आपका पहला नियम अब वो वक्रता केंद्र से तो होकर जाएंगी नहीं भैया क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि वक्रता केंद्र पे आपने वस्तु रख दिया तो जाएगा कहां प्रकाश को बाहर सामने जाएगा ना? तो अब सामने आप कहा से ये होकर जाएंगे मुख्य फोकस से तो जब प्रकाश केड़े कहा से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से जब टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य क्या हो जाती हैं समांतर हो जाती है मुख्य क्या हो जाती हैं हैं समांतर हो जाती हैं। तो ये के क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगी तो ये जहा एक दूसरे को काट रही हैं वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा तो गाय थोड़ी सी ये जो लाइन है वो आपकी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है आपका जो ये प्रतिबिंब है वो थोड़ा सा आगे पीछे से जब बनाएंगे, तो भी आपकी नहीं ठीक चलिए ये भी है तो लगभग चलो मान लेते हैं हम लोग की यहाँ पर काट रहा है ठीक जब यहां पर काट रहा है तो हम इनको मिला देंगे जब यहां इनको मिलाएंगे तो ये वोस्ट का प्रतिबिंब बन जाएगा मुंडी नीचे है बीडस और सर इसका ऊपर है एड एस ठीक है अब आप देख पा रहे होंगे अब आप देख पा रहे होंगे कि कि जब वस्तु को हम वक्रता पे रखते हैं तो खास बात ये होती है कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है यानी जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के मध्य में रख दें यानी औतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रख दे तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे पहला पॉइंट है यहां प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के क्या बनेगा बराबर बनेगा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा चलिए अब सेकेंड पॉइंट की चर्चा करते हैं वस्तु के बराबर बनेगा कहां बना है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब कहा बनेगा वक्रता केंद्र पर तो जो सेकंड पॉइंट है वो कहां बनेगा वक्रता पर ठीक अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करें तो थर्ड पॉइंट आपका क्या है बच्चों थर्ड पॉइंट आपका ये है कि उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्या बनेगा उल्टा और आपका जो चौथा पॉइंट है वो वास्तविक बनेगा क्या बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ठीक ये रहा प्यारे बच्चों आपकी तीन स्थितियां कि जब वस्तु कहाँ पर हो वक्रता केंद्र पर हो और जब वस्तु कहाँ पर हो अनंत और वक्रता केंद्र के, के मध्य हो और जब वस्तु अनंत पर हो तीनों स्थितियों का हम लोगों ने प्रतिबिंब सीख लिया कैसे बनता आपके सामने आसान है आप इसका उनकी चर्चा करते हैं तो गाय अवतल दर्पण में तीन स्थिति और बची है अब उनमें से चौथी स्थिति यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य होता है तो प्रतिबिंब कहा बनता है अभी तक वक्रता केंद्र देखे अब हम देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता के अंदर और मुख्य फोकस के बीच में हो तो क्या होता है तो चलिए अब हम बनाते क्या है कि सबसे पहला काम है प्यारे बच्चों दर्पण बनाना तो जिसको हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं और अंदर से परावर्तक बना देते हैं वो प्यारा सा जो दर्पण होता है उसका नाम अतल दर्पण होता है फिर उसके बाद ये रेखा इसकी मुख्य कहलाती है ये इसका ध्रुव कहलाता है और ये बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगी और ये बिंदु वक्रता केंद्र कहलाएंगे ठीक अब वस्तु कहाँ पर है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मत यानी यहां पर रखा है चलिए पहला नियम लगाइए। वस्तु का नाम ए और बी है पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है टकराने के पश्चात कहां सोकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है यह आपका पहला नियम अब दूसरा नियम क्या है बच्चों दूसरा तो वक्रता से होकर जाएगी नहीं क्योंकि पीछे हो चुका है प्रकाश आगे ही जाएगा तो भैया दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब दरपण से टकराती है तो दरपण से टकराने के पश्चात मुख्य हचके क्या हो जाती है समांतर हो जाती है तब ये दोनों जहां काट रही हैं, वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा तो वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो ये देखिए ये। अब प्रतिबिंब की मुंडी नीचे पादबिंद है वो ऊपर हो गया आप देखिए ये मान लेते हैं अनंत की दूरी हो गई तो प्रतिबिंब बना कहा बच्चों अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से बड़ा बना है उल्टा बना है वास्तविक बना है। एक बार फिर से देखिए जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बना है और कहा बना है अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बना है उल्टा बना है क्या बना है उल्टा बना है ये सब चीजें हम नोट कर देते हैं पहले बच्चों अब हम चलते हैं जब वस्तु ये वाली वस्तु ये वाली वस्तु कहां पर हो मुख्य फोकस पर हो उसके लिए और पर बनाते हैं एक ये ध्रुव हो गया और ये कहीं मुख्य फोकस हो गई और ये कहीं इसकी वक्रता केंद्र हो गया अब वस्तु कहां पर है मुख्य फोकस पर अर्थात इस बार वस्तु आपकी ये चलने वाली प्रकाश कीड़े मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किड़े जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात कहां से उकर जाती है दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है कहां से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है क्या इतनी बात क्लियर हुई दूसरा क्या था आपने पढ़ा था कि भाई अब आगे कोई बिंदु ही नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि ये मान लेते कि यहां से प्रकाश किरणें ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो चलिए एक प्रकाश किरणे कहां से होकर जा रही वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ध्यान से देखिए जब प्रकाश किरणे वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जब दर्पड़ से टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात तो वो सीधे निकल जाती है तो जब वो सीधे इधर की तरफ निकलेंगे, तो ये सीधे आपकी चली आएंगे इस प्रकार। ठीक। तो आप देखिए अगर इन दोनों किरणों को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जाके ये एक दूसरे को क्या कर देंगे काट देंगे अगर सोचिए अगर यहीं पर काटी होती तो प्रतिबिंब काफी बड़ा बनता अभी तो यहाँ पर भी नहीं काटी है अर्थात ये पीछे जाके और पीछे कहीं आनंद पे काटेगी दूरी निश्चित नहीं है तो बताओ सबसे पहला पॉइंट प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनेगा क्योंकि अभी यहां बनता तो भी बड़ा होता वस्तु इतना ही है अब प्रतिबिंब और बड़ा होगा वस्तु से काफी बड़ा बनेगा क्या बनेगा प्रचो? काफी बड़ा बनेगा चलिए अब आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्या बनेगा प्यार बच्चों वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा वास्तविक व वा उल्टा बनेगा कहा बनेगा अनंत पे बनेगा कहा बनेगा प्यार बच्चों अनंत पर अनंत पर बनेगा ठीक ये रहा आपका प्र... जब वस्तु मुख्य फोकस हो अब हम थर्ड लास्ट स्थिति की चर्चा करेंगे कि जब वस्तु ये मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो आइए हम इसके लिए भी एक अवतल दर्पण बना लेते हैं प्यारे बच्चों ये कौन सा दर्पण हो गया अवतल दर्पण हो गया ठीक अब ये इसकी मुख्य छो हो गई ये इसके ध्रुव हो गई ये इसकी मुख्य फोकस हो गया और ये इसकी वक्रता क्यों हो गई इस बार वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया इस बावस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई है ए और बी बीम मुख्य पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी कहां से होकर जाएंगी पे बच्चों मुख्य फोकस से तो चलिए थोड़ा सा आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे ये देखिए तो कहा से होकर जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है अब दूसरा यदि प्रकाश दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगे वक्रता केंद्र से होकर तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं अब देखिए आप इन दोनों को जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये दोनों प्रकाश किरणें फैलती जा रही हैं तो मतलब ये अनंत पित तो आके नहीं बनेंगी अनंत पे तो बनने वाली नहीं तो इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं इमेजिन कर लेते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो भैया अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाओ वास्तव में यहाँ नहीं है परंतु हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना तो कहीं कहीं जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे और जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहीं वस्तु का क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा और ये प्रतिबिंब बन गया ए और बी अब आप बताइए सबसे पहला जो स्थिति है प्रतिबिंब वस्तु इतना छोटा है बड़ा बना है तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा बड़ा बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा सेकंड स्थिति की बात करें तो सेकंड स्थिति की क्या है जो प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा साथ साथ सीधा बनेगा देखिए इसका सर ऊपर है उसका सर भी तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा क्या बनेगा प्यारे बच्चों सीधा बनेगा अब प्रकाश पीड़े वहां वास्तव में तो काट नहीं है केवल किया तो वास्तविक तो बनेगा नहीं क्या बनेगा आभासी बनेगा तो जो अगली पॉइंट है वो क्या होगी प्रतिबिंब आभासी बनेगा बनेगा क्या बने प्यारे बच्चों आने कहा बनाया के पीछे तो प्रतिबिंब दरपण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा केवल प्यार बच्चों यही एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है इस बात तो को ध्यान दीजिएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने की छह स्थिति थी वो कंप्लीट हो गए हैं आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते है। तो हैं तो गाइस हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की सारी स्थितियां कंप्लीट किया है अब उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति होती है प्यार बच्चों एक जब वस्तु अनंत पे होता है और एक जब अनंत और ध्रुव के मध्य होता है आइए हम देख लेते हैं इसका प्रथम कैसे बनता है तो पहले जो सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा एक उत्तल दर्पण तो उत्तल दर्पण को हम लोग भैया अंदर से कलई करते हैं कहां से कलई करते हैं अंदर से तो ये बन गया आपका उत्तर अब उसके बाद एक मुख्य बना लेते हैं ठीक ये इसकी क्या हो गई ये इसकी क्या हो गई ध्रुव हो गई और यही कहीं न कहीं मुख्य फोकस होगा और यही कहीं न कहीं वक्रता केंद्र होगा अब जो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव के मध्य है अनंत और ध्रुव के मध्य तो मतलब एक सॉरी जो वस्तु है वो अनंत पर है कहां पर अनंत पे तो मान लेते हैं कि ये अनंत दूरी है और अनंत पर ये कोई एक वस्तु हो गई खूब बड़ा सा वस्तु ए और बी ठीक अब यहां से दो प्रकाश किरणें जाएंगी दो प्रकाश किरणें जाएंगी अब देखते हैं दोनों है। तो से कहा प्रकाश किरण इस प्रकार आबती हो गई इस पर ठीक जरा सा एक प्रकाश किरण यह आपतीत हो गई और दूसरी प्रकाश किरण यह हो गई अब उत्तर दर्पण करेगी क्या कि इन दोनों प्रकाश किरणों को वापस फिर लौटा देगा उधर ये दोनों प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों इधर की तरफ लौट जाएंगी और ये भी प्रकाश किरड़े इधर की तरफ लौट जाएंगी अब ये दोनों लौट के तो इधर मिलने वाली नहीं क्योंकि ये दोनों पैरल हो चुकी हैं ऐसे ही परंतु अगर इन दोनों किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाए तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर जरूर कहीं न कहीं क्या होंगी ये एक दूसरे को काट देंगी तो वो काटेंगी कहाँ वही हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों वो कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी आइए हम देखते हैं तो वो एक दूसरे को पर प्रतिच्छेद कर रहे मुख्य फोकस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें सोकर आ आ मुख्य फोकस से रही। तो बताओ इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा पहला पॉइंट बोलिए जो प्रतिबिंब है वो बिंदु रूपी बना है क्या बनेगा बिंद रूपी बहुत ही छोटा बनेगा और साथ में अगला पॉइंट आभासी बनेगा वास्तव में नहीं बनेगा आभासी बनेगा प्रतिबिंब आभासी बनेगा क्या बनेगा आभासी बनेगा अब थर्ड पॉइंट की चर्चा करते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, है? मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा ठीक और क्या बनेगा प्यारे बच्चों अगला जो होगा जो होगा वो प्रतिबिंब क्या होगा प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब क्या बनता है सीधा बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा अभी बिंदु रूपी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अब आप जो सेकंड स्थिति सकते उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा अब ये आपका एक उत्तर दर्पण हो गया ठीक ये उत्तर दर्पण हो गया और ये इसकी मुख्यक्ष हो गई ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसकी मुख्य फोकस हो गई और अगली लाइन वक्रता केंद्र हो गया अब इस बार वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य है ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु हो गई ए और बी ये कोई वस्तु ए और बी होगा। पहला नियम मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाश करने दर्पण से टकराती हैं। तो उत्तर दर्पण के लिए क्या नियम था दर्पण से टकराती तो ऐसा लगता है कि वो मुख्य फोकस से आ रही है वो कहा से आ रही मुख्य फोकस से होकर आ रही ऐसा लगता है कि वो प्रकाश किरणें से मुख्य फोकस ये उत्तल दर्पण के लिए नियम था कि मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती और दूसरा नियम हमें क्या बताते वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण कहा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की जिस मार्ग से गई रहती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है अब ये दोनों किरणे जहां एक दूसरे को काटे हैं वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा प्रतिबिंब बन जाएगा प्रतिबिंब बना है ए और बी डैस देख पा रहे हैं तो बताइए पहला पॉइंट जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या बना है छोटा बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा अगले पॉइंट की बात करें आभासी बनेगा क्या बनेगा आभासी बनेगा प्रतिबिंब आभासी बनेगा हम अगले पॉइंट की चर्चा करें तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों आभासी बनेगा सीधा बनेगा सीधा ये रहा आपका चार पॉइंट इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक आज की क्लास में हम लोगों ने औतल दर्पण और उत्तर वाला प्रतिबिंब बनने की जितनी स्थितियां थी सारी स्थितियों को पढ़ लिए प्यारे बच्चों अगर पूरे क्लास के दौरान कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा अगर पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक स्टूडेंट